वेलकम टू अडियो ऑफ टी एफ एफ टी दुटबॉल फैलेटिक टीवी तो भाई आज होने जाने वाला है पंच कहानी एपिसोड टू जिसमें हम कवर करेंगे पांच स्टोरीज रिलेटेड टू तो फुटबॉल एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा अगर आपको पसंद आता है देन मेक श्योर टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड इफ यू वांट टू गेट मोर अपडेट्स रिलेटेड टू फुटबॉल एंड टू गेट रिव्यूज रिव्यूज इन ऑल द थिंग्स Then देन प्लीज प्रेस द ग्रेट सब्सक्राइब बटन एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई विडियो देन प्लीज प्रेस दोटिफिकेशन बटन अबाइडेड सो लेट स्थार वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज जो बैकग्राउंड नॉइजेज आती है प्लीज उसको इग्नोर करना क्योंकि मेरे घर के बीसाइड ही road है main road तो उससे बहुत vehicles की आवाज आती है प्लस uh, बहुत मच्छर है इधर रिसेंटली मुझे uh, फैन चलाना पड़ता है तो उसका भी आवाज आएगा तो प्लीज उसको इग्नोर करें एंड वीडियो को आप एंजॉय करें आवर फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू रूडीगर तो बेसिकली क्या है लोएस्ट पेड चेलसी सीनियर प्लेयर्स ये ओनली अर्न यूरो हंड्रेड के पर वीक तो uh, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है डेट एक्सपायर इन समर टू तो रियाल माद्रे क्या देखा रियल माद्रेड देखा कि यही है हमारा सुनहरा मौका उसको हड़पने का चलो उसको क्या करते हैं उसको डबल वेजेस देते हैं रियल माद्री आर विविंग टू ऑफर हिम टू हंड्रेड के पर वीक एंड ये बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर है मतलब मैं अगर रूडीगर होता तो भाई मैं एक्सेप्ट कर लेता क्योंकि रियाल मद्रेड इज अ वेरी बिग क्लब एंड देर व्यूज प्रोजेक्ट इन दर माइंड तो मुझे तो लगता है आप लोगों का देखूंगा uh, तो I think it is very likely की वो summer 2022 ट्वेंटी टू में फ्री में रियाल मद्रिज आ जाए एंड उसके आजूबाजू Real Madrid के अलावा भी बायरन म्यूनिक है टोटेनम है एंड मैनचेस्टर सिटी है लेकिन इनमें से रियाल माद्रिड ही सबसे पहले है। तो वी ऑल डोंट नो कि क्या ऑफर करेगा क्योंकि उनके पास भी बहुत पैसा है ठीक है टॉटेनम क्या ऑफर करेगा मुझे पता नहीं मैं भी तो पूरा ऑयल क्लब है उनका क्या होगा पता नहीं बट रियाल माद्रिद इन टू के पर वीक देगा हमारे लिए ऑक्शन की तरह भी हो सकता है कि रियल मद्री 200 के देगा तो बोलेगा मैं 400 के दूंगा सीपी बोलेगा मैं 800 के दूंगा ऐसा भी हो सकता है पता है नहीं 800 के तक तो नहीं जाएगा शायद रूडीगर के लिए लेकिन ये बात आप मान लो कन्फर्म है कि अगर चेलसी एक अच्छा ऑफर नहीं डाला ना के सामने तो रूडीगर विल गो टू मद्रिद एंड वो जो सेंटियागो बी समर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटीडियस जूनियर एंड रियाल मद्रिद रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं की रियाल मद्रिद रिलीज क्लॉज इन विनीशियस जूनियर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देखो मैंने बोला था ना noise नाएगा ना देखो ट्रेन का आराम मैं क्या कर सकता हूं बोलो ट्रेन को तो नहीं रुका सकता कि भाई तू रुक जा बैकग्राउंड मेरे वीडियो में आएगा बैकग्राउंड नोइेस तो प्लीज उसको इग्नोर करें आप ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट मान लो अब मैं जो न्यूज बोलने जा रहा हूँ इट इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस फुटबॉल फैंस आज जो पद्मश्री जो अवार्ड था वो दिया गया था बड़े बड़े स्टार्स लाइक कंगना रनौत अदनान सामी इन लोगों को दिया गया बिसाइड आवर फॉर्मर इंडियन वोमेन्स फुटबॉल टीम कैप्टन हुसो नोन एज दुर्गा ऑफ इंडियन फुटबॉल ओइना बेम्बेम देवी फ्रॉम, शी इज फ्रॉम मणिपुर शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री टुडे तो जो इंडियंस के जो इंडिया के बाहर है लोग उनको मैं बताना चाहता हूँ पद्मश्री ही दैट इज दी फोर्थ हाइएस्ट सिविलियन अवॉर्ड इन इंडिया उसके ऊपर है पद्मभूषण उसके ऊपर है पदमा विभूषण उसके बाद है भारत रत्न जो कि अल्टीमेट प्राइज है लेकिन आज एक वुमेन्स फुटबॉल के जो कैप्टेन थे वुमेन्स फुटबॉल टीम के जो कैप्टेन थे, थे ओइना बेम्बेन देवी She has been awarded the Shri. I am very proud of उड ऑफ बहुत ही proud comment है। और कल जो AFC Women's Club Championship था उसमें हमारा जो Indian team है Gokulam Kerala, वो भी participate किया है तो भले ही हम हाँ लोग हार गया है लेकिन we have scored our first goal. इन ए एफ सी वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप तो भाई साहब एक के बाद एक प्राउड मोमेंट आ रहा है फ्रॉम वुमेन्स फुटबॉल वुमेन्स फुटबॉल इज बहुत डेवलप कर रहा है भाई बहुत डेवलप कर रहा है एंड फुटबॉल फैंस आर रियली रियली रियली प्राउड ऑफ डेट सो दूस विल कवर विल बिग प्राउड न्यूज रिलेटेड टू द इंडियन वोमेन्स टीम तो इंडिया एक टूर्नामेंट uh, खेलने जाने वाला है जो की uh, एक प्लेस और क्या नाम है उसका मनाउस या मनाउस क्या है, नाम है उसका उस टूर्नामेंट में ब्राजील चील एंड वेनिजुएला विल अपेयर वो बेसिकली फोर नेशन टूर्नामेंट होगा इन्वॉल्विंग इंडिया ब्राजील चील एंड वेनिजुएला ब्राजील के साथ हमारा मैच है वही जो वही होगा फर्स्ट मैच टूर्नामेंट का डेट विल बी ऑन नवंबर 25 जो उसके बाद हमारे साथ मैच है चील वो है 28 नवंबर को एंड जो मैच है अगेंस्ट विनीजुएल डेट इज ऑन डिसम्बर फर्स्ट तो ये बेसिकली क्यों है क्योंकि ये जो एएफसी एशियन कप होने वाला है वुमेन्स का उसका प्रिपेरेशन है जो वुमेन्स फुटबॉल का जो, जो हिट है ना हमारा he wants to uh, uh, play Indian ही वॉन्ट्स टू प्ले इंडियन वीम ट्वेंटी एफ सी एशियन कप एग्जैक्टली जो हम मेन्स टीम से चाहते हैं लेकिन वो कभी भी नहीं करेगा घुशाल दास एक नंबर का फालतू आदमी है ठीक है कुशालदास है क्या सॉरी कुशाल दास तो women's क्या हिसाब से, से प्रफुल्ल पटेल वो एक number का फालतू आदमी है पता एक है एक number का फालतू आदमी अगर मान लो इंडियन मेन्स टीम अगर ब्राजील से खेला कितना डेवलप होता भाई एंड मैं जो ये देख रहा हूं ना इंडियन वुमेन्स फुटबॉल का फ्यूचर मेंस फुटबॉल से बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट है नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू मेसी एंड पीएसजी तो सीन क्या है जो पीएसजी है वो हैप्पी नहीं है मेसी से हम सभी को पता है मेसी का फॉर्म बहुत ज्यादा डाउन रहा है अभी भी उसने फार्म लीग में गोल नहीं किया है मतलब वो अपना ही फॉर्मर का मतलब बोलता है ना शेडो बन चुका है फॉर्मर सेल्स का वैसे ही हो गया है मेसी का सिचुएशन उसके ऊपर उसका फुट इंजरी से दो वीक से वो बाहर रहा है फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन uh, उसमें और आग डाल दी है अर्जेंटीना का सिलेक्शन में. एक बा, एक बात तो इंजर्ड है लेकिन जो बहुत ज्यादा छुट्टी है ना पी को कि तुम हमारे क्लब के लिए नहीं खेल रहे हो लेकिन तुम अर्जेंटीना के लिए खेल रहे हो गोल मार रहे हो पैसा तुम पे ज्यादा ढाल रहे हैं हम मतलब जो बोलते हैं ना यूजलेस मनी वैसे यूजलेस मनी लगता है पीएच को उनका जा रहा है जैसे तुम अगर मान लो पापा खस रुपए से थोड़ा लेस खा दे कितना डांटते हैं तुमको ठीक है वैसे सिचुएशन है पीएच जी मेसी का पीएची एकदम खुश नहीं है मेसी का जो सिचुएशन चल रहा है मतलब उसने खेला कहाँ है यार नौ गेम्स तो उसने मिस ही कर दिए पीएची के पीएची के लिए उसने ज्यादा नहीं खेल रहे खेला और उसका जो लास्ट अपीरियंस था पीएचडी के लिए पी अगेंस्ट लियोन के भी सिर्फ उसने 45 मिनट्स खेला है एंड जो अर्जेंटीना का सिलेक्शन सॉरी मेरा नोटिफिकेशन आ गया उसको इग्नोर करना तो जो अर्जेंटीना ने उसको तो उस, उसके ऊपर सिलेक्ट किया है तो जो लियोनार्डो है उनका जो स्पोर्टिंग डिरेक्टर उसने कहा है कि जो अर्जेंटिना ने सिलेक्शन किया है दैट इज इॉजिकल वो हमारे क्लब के लिए नहीं खेल रहा है बिकॉज ही इज इंजर्ड और तुम उसको बुला रहे हो इंटरनेशनल कॉल अब में वी हैव टू डू मीटिंग विद विदा पराना डिमकाना ऐसी अर्जेंटीना एंड अर्जेंटीना का जो मैच है वो है जुरु और ब्राजील से मतलब दोनों बहुत बहुत क्रुशल मैच है जिसमें उनको मेसी का थोड़ा बहुत क्लिंप चाहिए यार लेकिन बी मतलब Happy I hope बेटर हो जाए मेसी फार्मर्स लीग में गोल मारे ठीक है मेसी मेसी का फॉर्म थोड़ा अच्छा हो वो अच्छे तरीके से सूट हो जाए एंड यही था हमारा पांच स्टोरी आज के लिए वेल डेट इट फॉर टूडे गाइड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट देन प्लीज प्रेस दी लाइक बटन एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट मोर अपडेट एंड टू की डेट सब्सक्राइब बटन एंड इट Till then.